देख आपका दिल गदगद गद हो जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला जो गैजेट है उसका नाम है जाइलो यह गेंद जैसा दिखाई देने वाला गैजेट कोई खिलौना नहीं है यह तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेस एक माइक है जो कि एक प्रोफेशनल को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाता है इसका ऑडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता तीन डिग्री कोण है जो करीब तीन डिग्री के कोण पर किसी भी व्यक्ति के बोलने पर वह बेहतरीन क्वालिटी में ऑडियो को रिकॉर्ड करता है इसे यूज करने से पहले आप इसके माइक को अपने लैपटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दें और शुरू कर दें। फिर आप 360 डिग्री कोण बना के भी अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं और यह सभी आवाजों को बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है तो यह एक प्रोफेशनल को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाता है इस लिस्ट में हमारा दूसरा जो गैजेट है बी पेमेंट मेथड इसे अब तक का सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट पेमेंट मेथड माना गया है जिसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है इसे दुनिया भर ने सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ माना है इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने फिंगर को इसके अंदर रजिस्टर करना होता है यह एक बार में करीब तीन ही फिंगर को रजिस्टर्ड करने में सफलता हासिल की है यह करीब बीस प्रकार के पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करने में सफलता की है शायद यह दुनिया का पहला ऐसा पेमेंट मेथड है जो वेब द्वारा पेमेंट करता है अगर आप किसी सामान को परचेज करते हैं तो हाथ पे दिए गए स्क्रीन के ऊपर उसका मूल्य लिखे तथा इस गैजेट को उस गैजेट के पास लेके जाए जिसे यह अपने वेब द्वारा पेमेंट को एक्सेप्ट करा सके यह उन्ही वेब को कैप्चर करता है जो सबसे ज्यादा नजदीक और सफल होते हैं इससे आपकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो इस सेफ और सिक्योर पेमेंट मेथड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देना इस लिस्ट में हमारा तीसरा जो गैजेट है उसका नाम है जैमी यह एक मिनी और फोर्टेबल गिटार है जिसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं यह पूरी तरह से फोल्डेबल है जिसके चलते एक जगह से दूसरे जगह ले के जाने में कोई दिक्कत नहीं होती कुछ प्रोफेशनल गिटारिस्ट का मानना है कि यह बड़े से बड़े गिटार को टक्कर काफी आसानी के साथ दे सकता है अगर इसकी खासियत की बात करे तो आप एक प्रोफेशनल की तरह इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं है की खुद ही गिटार को बजा के खुद ही सुनना तो ईयरफोन डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि म्यूजिक के साथ गिटार को बजाना तो आप इसे स्पीकर में लगा दे और म्यूजिक के साथ भी इसे सुन सकते हैं इस लिस्ट में हमारा चौथा जो गैजेट है उसका नाम है लीमो जेट इस एरोप्लेन में एडवांस टेक्नोलॉजी के सारी सुविधाएं आपको मौजूद मिलेंगी अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 42 फीट है जबकि इसकी हाइट 11.6 इंच है इसके अलावा इसकी चौड़ाई 8 इंच है इस पूरे प्लेन का वजन बारह हजार है जो कि काफी ज्यादा हो सकता है यह एक बार में करीब 8 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में पूरी तरह से सक्षम है अगर इसकी प्राइस की बात करे तो एट मिलियन डॉलर है ओवरऑल तो इस पूरे प्लेन के प्राइस को छाट दे तो पूरी तरह से परफेक्ट और कूल है तो इस एरोप्लेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में देना इस लिस्ट में हमारा पांचवा जो गैजेट है उसका नाम है सिंसिटी हॉस्टलर मॉन्स्टर ट्रक इस ट्रक को मॉन्स्टर ट्रक भी कहा जाता है इसमें एक बार में करीब तेरह लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह सफर का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रक का सफर पूरी तरह से एडवेंचर भरा होता है जिसका इस्तेमाल एडवेंचर प्रेमी ही करते हैं अगर इस ट्रक की लंबाई की बात करें तो 9.8 मीटर है जबकि हाइट 6 टोन है अब टोन क्या है यह मुझे नहीं पता आप खुद ही पता लगा लेना या फिर गूगल कर लेना इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह कोई ट्रक नहीं बल्कि रेसिंग गाड़ी हो इस ट्रक के अंदर आप जितनी देर सवारी करेंगे उतना ही एडवेंचर से भरा हुआ आपका सफर होगा तो इस बेहतरीन ट्रक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में देना क्या आप भी ऐसे एडवेंचर का आनंद लेना पसंद करेंगे दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना